है वेलकम बैक टू वीडियो कैसे आप लोग बताना मुझे लोग अच्छे बढ़िया ही होंगे कल मेरे नए वीडियो बताना चाह खास कुछ अच्छा रिस्पॉन्स तो नहीं मिला गाइच फिर से आज मैं वन बर्स वन का वीडियो लेके तो आप लोग बहुत लेट डाला गया था। महीने आया, गेम गेम आया सामने के तो था है, तो करके ठीक है गाइस है है भाई का गेम भी अच्छा हो रहा है मूवमेंट भी अच्छा हो रहा है यानी कमेंट जरूर कीजिएगा वो नहीं बोलना कि भाई ये मेरा वीडियो नहीं है भाई आप लोगों ने मेरा अगर टिक्स वीडियो देखा होगा तो ये मेरा दूसरा आइडिया है ठीक दूसरा आईडी से बर्चस्ट कर रहा था राइटो अगर कोई फीस चला या फिर नहीं मारे बैठक करे तो उसे मत दीजिए अभी शादी का मोहल यहाँ पर बनेगा भाई आगे भाई देखा नहीं क्या भाई भाई जिसे भी उड़ा के बोलाएगा भाई शायद आज या फिर नौ मार्च में या फिर नाइन आईटेड अभी आपका प्राइस शायद डेली एक दिन तक कैफ में सकता है ठीक है तो गाइज आप लोगों को वो कंडल चेंज हो देखना पसंद है दे तो आप जाके डेढ़ सौ रुपया माटॉट देख सकते हो वहां पर बहुत सकते हैं अभी मैं बात नहीं कर रहा गाइज ज़्यादा बात कर मैं तो भी मजा नहीं आ रहा है भाई एक बारी भाई ठीक है इसे लास्ट में first blood first blood blood Oh first blood blood ad First blood ad